बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई राजीव और भाभी चारू हमेशा से ही अपने रिश्ते की वजह से सुर्खियों में रहते थे पर अभी कुछ समय पहले ही चारू ने राजीव पर घरेलू हिंसा और प्रेगनेंसी के दौरान धोखे का आरोप लगाया इसी पर राजीव ने कहा कि मैं कभी भी चारू को इस टॉर्चर के लिए माफ नहीं करूँगा और चारू का टीवी एक्टर करण नेहर के साथ अफेयर चल रहा है और सब बातें खुद चारू की मां ने ही राजीव को बताई चारू की मां ने राजीव को यह भी बताया कि चारू ने अपने पिछले रिलेशनशिप में भी ऐसा ही किया था राजीव कहते हैं कि हमेशा से ही चारू को ट्रस्ट का इशू था पर उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं लगा ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज पर